लखनऊ सुपर जाय्स ने विकेटकीपर और बल्लेबाज क्विंटंडिका 50 रन के अर्धाशतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से कोलकाता नाइट राइडर्स पर पचहत्तर रन की बड़ी जीत दर्ज की लखनऊ सुपर जायंट्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटंडा ऑफ 50 रन के अर्धाशतक और दीपक हुड्डा के इकालीस रन के साथ दूसरे विकेट के लिए इकहत्तर रन की साझेदारी के बाद उन्नीसवें ओवर में बनाए तीस रन से कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सात विकेट पर एक रन बनाए के, के आर यह लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और उनकी पूरी पारी 101 रन पर समेट गई तो इस तरीके से के, के आर को बीट कर दिया है हमारे यानी कि लखनऊ सुपर जॉइंस तो वाच के लिए इतना वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को एक लाइक चैनल कर सब्सक्राइब करना तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं सीधा अगली वाली वीडियो में